व्हाट्सऑफ गाइज कैसे आप सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम के वीडियो तो गाइज आज हम लोग के लिए जा रहे हैं माइंड क्राफ्ट स्पीड रनर वर्सेज हंटर्स तो बेसिकली इसमें चार हंटर्स होने वाले हैं जिनका टारगेट है मुझे मारना और मेरा टारगेट है एंड ड्रैगन को मार के गेम खत्म करना बट गाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने MX पे एक शो देखा था कांड जिसमें मत्स्या नाम का एक ब्रिलियंट कॉनमैन है जो कि हमेशा अपने टारगेट से दो कदम आगे रहता है और वो अपने एनिमीज को ऐसा फील कराता है कि जैसे वो लोग जीत रहे हैं बट एंड में मत्स्य बाजी पलट देता है और इस शो में मैंने एक चीज नोटिस करी की मत्स्य में कॉनमेन में और एक गेमर में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है क्योंकि एक गेमर भी हमेशा मास्टर सोचता है प्लान बनाता है ट्रैप बनाता है एनिमीज़ के के लिए लिए सेम भी यही करता है उन्हें ठगने और किसी को पता भी भी नहीं नहीं चलता और कभी अपना अपना असली नाम रिवील नहीं करता गेमर्स की तरह गेमर भी तो यार अपना निकनेम से ही बात करते हैं गेम में आजकल फिलहाल आज स्पीड रनर वर्सेस मैं करने वाला हूं इन सभी को अपने से, जो कि आपको आगे पता चारों ये अगर मैं उस विलेज तक पहुंच जाता हूं तो मुझे बहुत अच्छी लूट मिल जाएगी लेकिन ये लोग इतने हल्के नहीं है इनसे मुझे ना पहले पीछे छोड़ाना होगा अगर मैं लूट में लगूंगा तो हो सकता है मुझे ये पहले ही टप। फिलहाल तो तेरी बैस के निकलेंगे तो तैयारी भी पूरी अव्वल होनी चाहिए अभी काफी दूर आ चुका मैं इन लोगों से और यहाँ पर थोड़ी बहुत वु थोड़ी बहुत क्या पूरे के पूरे ट्रीज से भरा हुआ है जंगल फटाफट इंपोर्टेंट टूल में बना लेता हूँ फिलहाल अभी मैंने यहाँ पर एक पिक एक्स बना लिया है जल्दी से तोड़कर मैं यहाँ से निकलता हूँ क्यूँकी वो लोग यहाँ पर पहुंचते ही होंगे मुझे ना अभी सबसे पहले अपने लिए आयरन के टूल्स और आयरन का आर्मर बना लेना चाहिए क्योंकि आगे तो तो फिलहाल यहां पर मैं थोड़े अच्छे टूल्स बना लेता हूँ बट अभी स्टोन से भी अच्छे होते हैं आयरन के तो फटाफट से आयरन भी ढूंढ लिया है जल्दी से Go, अभी मैं ढेर सारा आयरन भी लेकर आ चुका हूँ और अपना फूड भी यहाँ पर कुक हो चुका है जल्दी से यहाँ पर आयरन रख देता हूँ पर हाँ इतने आयरन से अपना काम नहीं चलेगा मुझे पर थोड़ा बहुत और आयरन ढूंढना होगा जो की मुझे ये लोग यहाँ पर इसकी ऐसे भाई साहब ये इतनी जल्दी मेरे को कैसे ढूंढ लिया इन्होंने आखिर ये चार लोग भी तो है ना एक सेकेंड रुक जाओ मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत आगे आना होगा यहाँ पर एक बंदा इसकी ऐसी <laughs> मैंने यहाँ पर ब्लॉक लगा दिए जैसे निकलने की कोशिश करेगा मैं इस... मैं इन्हें मार सकता हूं मैं डर क्यों रहा मेरे पास इनसे तगड़े टूल है लेकिन मर के गए और अपना सारा का सारा सामान भी मुझे दे गए और इसी के साथ मैंने एक लावा पुल ढूंढ लिया है और इनके सामान से मैंने वाटर बकेट भी बना ली थी अब जल्दी से मैं एक पोर्टल बना लेता हूँ यहाँ पर लेट्स को तो फाइनली यहाँ पर पोर्टल भी मैंने कंप्लीट कर दिया है अब बस मुझे इसे प्रिंट करना है और जल्दी से चलते हैं नदर में अभी मैं नेदर में तो आ चुका हूं बट मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार फोर्ट्रेस कहां पर होगा और एक सेकेंड ओ तेरी भाई वेट ये लोग यहाँ पे भी आ गए इनके पास जो कंपास है ना उसमें मेरी लोकेशन दिख रही है और अभी मुझे कुछ ना कुछ करना होगा और मैं बहुत कुछ कर सकता हूं यहां पर क्योंकि मैं सिर्फ एक प्लान लेकर नहीं चलता अपने पास बहुत से प्लान रहते हैं मुझे से पे फसा के पे मारना होगा और वेट ये तो खुद ही अपने आप इस ट्रैप में फंसता जा रहा है अगल बगल लावा है। मैं इसके एक शोट में मार के लावा में गिरा सकता हूं लेकिन खुद ही बेचारा है गड्ढे में जाके गिर गया अब तो इसको कोई नहीं बचा सकता इसे एकदम प्यार से मारूंगा ताकि इसका सारा का सारा सामान भी मुझे मिले वेट एक शॉट मैंने इसके मार दिया, दूसरा और तीसरे में खत्म। नहीं करनी, आराम से दिमाग लगा के मारना है। All right guys, तो चुके हैं और अभी शुरू हो चुका है यह का जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले नीचे बंद कर लिया वाले प्लेयर की तरह और सभी पे लावा डाल के यहां पर इनको मैंने जला के मारा है ये अभी ना ही बाहर निकल सकते हैं ना ही अंदर बचे रह सकते हैं क्योंकि तो लावा इनको अच्छे से चबा के खा जाएगा और खा गया लेट्स <laughs> गो और अभी भी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए खैर मुझे डरने की जरूरत है क्योंकि मुझे पता है मैं लावा में नहीं गिरने वाला हूँ फिलहाल अभी मुझे ये फ्रंट डायरेक्शन में ही चलना चाहिए क्योंकि हो सकता है सबसे पहले मुझे ऐसे हाथ धोकर पड़ गए हैं जैसे मत्स्य के पीछे वो तेज पुलिस ऑफिसर पड़ा था लेकिन मुझे कोई ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है मैं इनसे आराम से पीछा छुड़ा सकता हूँ ये चारों मेरे पीछे भागते हुए आ रहे हैं मेरी हेल्थ कम है बट मैं जल्दी से जल्दी अगर ऊपर चले जाऊंगा तो शायद मैं इनसे बच जाऊं और वेट अभी अभी ये सारे के सारे नीचे रह गए क्योंकि मेरे पास काफी सारे ब्लॉक्स है लेकिन नहीं तो ये चलाया तुम्हारे भाई ने मत से अच्छा शातिर दिमाग अगर मैं ऊपर चढ़ने की बजाय करता तो शायद वो मुझे मार डालते फाइनली थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद मुझे रेड बायोम तो मिल चुकी है और हमेशा रेड बायोम के आस होता ही है फोर्ट्रेस बस इस बार भी मिल जाए तो काफी ज्यादा बढ़िया होगा बट हाँ मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐसे फोर्ट्रेस वगैरा तो वेट सामने सामने सब फोटरेस था क्या वो वेट सामने कुछ तो दिख रहा है अभी ये फोट्रेस है अभी मुझे यहाँ से नीचे बस ठीक है कोई बात नहीं फोट्रेस की खुशी में इतनी डैमेज चलता है मुझे यहाँ से और नीचे जाना होगा तो अपना बेसिकली पूरा का पूरा प्लान ये है कि मुझे फोट्रेस में जाके ब्लेज पाउडर इकट्ठा करना है ब्लेज को मार के और के बाद मुझे आई एंडर बनानी है, है जो कि बनने वाली है। एंडर पर्ल और को लेट्स गो। अभी फिलहाल मैं आ चुका सीधा के पे और सामने तीन-तीन मेरा इंतजार कर रही है। बट अब तो तुम जा तेरी ऐसी ऐसी निकल से। हाँ, बेटा आ जाता हूँ एक पड़ा दूसरा दूसरा भी ओ oh, भाई भाई फाइनली मुझे एक रोड मिली कुछ इस तरीके से मुझे बहुत सारी रोड इकट्ठी करनी है इसी के साथ एक और रोड इसको भी करा खत्म चलो भाई इसका भी आग, लेट्स गो। शायद से मुझे सात से आठ रोड की ही जरूरत है इसको भी मार के मैं रोड कलेक्ट कर लेता हूँ जहां पड़ से मुझे सारी तो एंट्रपल मिल जाएगी इसको भी मारा इसने भी एंट्री पल दे दी तो चलो भाई फाइनली सिक्सटीन एंट्री पल मैंने इकट्ठी कर लिया ने मार मार के और तेरी घास बैंड बजा दी। थी। ठीक है तो फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ सारा सामान लेके। ओ भाई नीचे तो इन्होंने पूरी फील्ड डायरेक्शन मुझे पता चल चुकी है लेकिन अपनी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि हंटर्स ने ना मुझे यहाँ पर आते हुए देख लिया है और ये चार मेरे पीछे भागते हुए आ रहे हैं और राइट right, तो अपनी बोट में दूसरी साइड पर लेकर आ चुका हूं और अभी मुझे थोड़ा आइडिया लग चुका है कि स्ट्रॉग होल्ड यहीं कहीं पर है Because मैं जब भी आई फेंडर यूज कर रहा हूं तो वो यहीं कहीं पर जा रही है एक बारी थोड़ा सा ना ऊपर चल के सेफ लोकेशन पे चल के ट्राई करके देखता हूं कि आखिरकार अभी आई ओ विट और नीचे जाना है ओके तो फाइनली डिग करते करते मुझे आ, स्ट्रोंग हॉल की एंट्रेंस मिल चुकी है और मैं आ चुका हूं स्ट्रोंग हॉल में और अभी मुझे मेन पोर्टल का रास्ता ढूंढना होगा लेफ्ट वाली साइड भी मैंने चेक कर लिया मुझे वहां पे भी एंड पोर्टल नहीं मिला और कोई अबे ये ये लोग इतनी फास्ट यहां भी पहुंच गए बे भाई एक मिनट आज ओए एक नहीं दो नहीं चार हो आगे मुझे ना अभी यहां से निकलना होगा वरना मैं भाई इस सिचुएशन पे आके बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता और ये चारों इस बारी भाई फुल तैयारी कर कर आएँ और मुझे कोई भी भागने का उनके ऊपर क्रीपर फूटा उनका एक बंदा शायद से मारा गया सीरियस यहाँ से ओ भाई मेरे को भागना होगा मुझे ना भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किधर जाके छुपना चाहिए क्योंकि वो लोग कहीं से भी आ सकते हैं और मेरे पास ज़्यादा हेल्थ भी नहीं है आ, वेट वेट वेट ऊपर जाना भी काफी ज़्यादा रिस्की है बट वेट सामने मुझे स्ट्रॉन्ग ऑर्ड मिल चुका है इधर क्रीपर अब यार क्रीपर को मारूँ कि ये सिल्वर फिश का कॉर्नर तोड़ भाई वाह मेरे को भी से तोड़ना होगा लेट्स को मैंने इसे तोड़ दिया है और यहां पर सिल्वर फिश टपक गई मेरे ऊपर भाई बच्चों। तो फाइनली मैंने जैसे तैसे करके इन सभी सिल्वर फिश को मार दिया है और अभी जल्दी से इस पोर्टल को स्टार्ट करके चलते हैं एंड उसे मारने के लिए। बट उससे पहले मैं वहां पर जाऊंगा मुझे पता है ये लोग मुझे आके परेशान करेंगे और हो सकता है कि मेरा ध्यान एंड्रैगन पर मार दे तो टाइम आ चुका है मत्स्यकांड मूव का और इस मूव के थ्रू मैं इन सभी का गेम खत्म करने वाला हूं अब गाइस देखो ये ये कैसे होगा अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने बीच रास्ते में कुछ ड्रिप स्टोन कलेक्ट कर लिए थे अब मैं क्या करूँगा जैसे ही ये लोग यहाँ पर आएंगे तो इनको लगेगा मैं अंदर चला गया हूँ कोस पोर्टल स्टार्ट है शायद ही इन्होंने एडवांसमेंट पे फोकस करा होगा और जैसे ही उसके अंदर जाएंगे मैं इनके ऊपर ये ड्रिप स्टोन गिराऊँगा ये उस एंड वर्ल्ड में जाके इनके सर पे गिरेगा और फिलहाल अभी मुझे कुछ करना नहीं है मुझे, मुझे, मुझे, मुझे यहाँ पर बैठ कर इनके आने का वेट करना है क्योंकि जैसे मैंने मच्छर से सीखा है की अच्छा शिकारी वो नहीं होता जिसका निशान अच्छा हो अच्छा शिकारी वो होता है जिसमें धैर्य रखने की क्षमता हो गई फाइनली अपना वेट ओवर हो चुका है ये सभी हंटर्स यहाँ पर आ गए हैं मुझे मारने के लिए बट शायद से इन्हें डाउट हो रहा है क्या मुझे थोड़ा सा ना छुप के रहना पड़ेगा ये तीनों अंदर गए अभी यही तो मौका है इनके ऊपर ही गिराने का लेट्स को मेरे को ये अलग अलग डायरेक्शन में थोड़ा सा गिराते रहने हैं और जैसे ही ये उस वर्ल्ड में पहुंचेंगे इनका सर फूटेगा ना जो ये भी कहेंगे भाई किस ओ वे! एक बंदा गया लेट्स को यहाँ पर दूसरा भी गिराया तो यही है गाइज अपनी मत मूव कि हमने बंदे को मार दिया लेकिन बंदे को पता भी नहीं चला कि कब कैसे और कहां से मारा गया लेट्स एक के बाद ले रहे हैं मारने वाला हूँ इसके एक एक करके सारे के सारे टावर फोड़ूंगा ये वाला टावर भी फोड़ दिया इस वाले को भी उड़ा दिया सारे के सारे टावर इसके फोड़ दिया बस मुझे इसके नीचे आने का इंतजार करना है ये फिलहाल अभी नीचे आ चुका है इसकी डीएचपी में ऑलरेडी कर चुका हूं और अब मुझे बस इसे पूरा फिनिश करना है बस और इस बारे मुझे थोड़ा बहुत गुस्से में लग रहा है अभी रुक जाओ सिर्फ मैं बताता हूँ ये क्या हो गया उसके गया एक और ओ पैर से मा मैंने उसको मार दिया था तो इसी के साथ मैंने एंड्रैगन को मार के गेम खत्म कर दिया भले ही मैं खुद भी उसमें मारा गया बट हाँ मेरे साथ ना ये पहली बार हुआ कि मैंने एंड्रैगन को मार दिया और मैं खुद भी मर गया मतलब दोनों मर गए so जैसा खेलते हुए अगर आप में भी वो दम है किसी एक गेम में कॉनमेंट जैसा खेलना तो अपना मत्स्य मूव का वीडियो बनाओ और इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर डालो विद हैकांड मूव तो चलो गाइस आज किस वाली वीडियो में इतना ही आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक करना कमेंट में जाके अपना बेस्ट पार्ट जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाकी आज के इस वीडियो में इतने मिलते वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय